आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है और उसमें आपको मोबाइल नंबर पता नहीं है तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है माय आधार माए आधार लिखने के बाद आप देख सकते हैं माए आधार इस तरीके का है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पर डाउनलोड आधार रिट्राइव यूआईडी ऑर्डर प्रिंट और ये चौथे कॉलम पे आप देख सकते हैं वेरीफाई आधार इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर यहां पे डालना है इसको डालने के बाद ये जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को आपको फिल करना है फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए तो देख सकते हैं आप ये आपका आधार नंबर आ जाएगा आपकी एज आ जाएगी जेंडर आ जाएगा प्लस ये किस स्टेट में वर्क कर रहा है वो स्टेट आ जाएगा और मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर के चार लास्ट के डिजिट ही शो करेंगे बाकी आप चार डिजिट देख करके जान सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर इस मोबाइल पे लगा हुआ है इससे यह होता है कि अगर आपका कभी सिम खो जाता है गिर जाता है या किसी भी प्रॉब्लम से ख़राब हो जाता है तो आप इस तरीके से अपने आधार पर नंबर देख कर चेंज करा सकते हैं या अगर ये नंबर खो गया हो तो उसको आप मंगवा सकते हैं नया निकला सकते हैं तो इस तरीके आप इसको देख करके आप अपने आधार पे एक नया नंबर लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके लिए हमारे चैनल टेकबेरी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद दोस्तों